मैं पहले बहुत गरीब था इसलिए ट्रेनों में चाय बेचता था अब मैं बहुत अमीर हूं इसलिए ट्रेनों को बेचता हूँ इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई बाबा